ये और सब आओ चलो अंदर आते हैं अरे चलो अंदर आते हैं अरे चलो अंदर आते हैं अरे चलो अंदर आते हैं अरे चलो अंदर आते हैं हवा मिलेगी बस टाइम नीचे उधर हुआ स्टेट Get up! I okay. guess okay. पूरी रात स्टेज स्टेज पर आइए कोई मसला नहीं नहीं है। करेंगे। लोग आए हैं अपना प्लीज। नीचे अच्छा अच्छा एक बात बताओ। से कितने लोगों का ऐसा लगता है कि की इज्जत करना चाहिए नहीं आप लोग बड़ा मेहरबानी आप गुजारिश करता हूँ की सब लोग इस चीज ऐसी थोड़ा बहुत दूर हो जाए ताकि आपके आए हुए मेहमान फौरन कर सके आपके सामने अपनी बात कर सके अपना फोन आपको दिखा सके तो सबसे मेरी बातों को ये दरखास्त है बोलते हो ना सब कह रहा है आ जाओ तो नीचे अगर जाए अगर को तो नहीं देखना अच्छा एक काम करोगे अपने अपने फोन की मैनेजमेंट ऑन कर लो सारे। अपने लोग जो मैनेजमेंट है abla hallolar <gülüyor> reis reis hallolar ya abla ya hallo reis reis hallolar ना ये बॉडी स्टेज खाली कर दो खाली करते थी स्टेज पे कार्यक्रम स्टेज खाली कर। स्टेज खाली कार्यक्रम स्टेज खाली खाली कर। स्टेज कर। ये स्टेज खाली मीडिया बहुत है खाली करो स्टेज यार खाली कर खाली कर <laughs> देश्ट देश्ट तो हाल करवा दो। अरे भाई इसमें दो। उन्होंने सौ चालू कर दिया यार उधर ही चल है wala de